सीखना चाह रहा था सबसे पहले आपको शॉर्टकट की सीखना होगा ए टू जेड उसके लिए मैं आपको इजी मेथड बता देता हूँ आपको गूगल में जाना है उसके बाद फिर आपको टाइप करना है ए टू जेड शॉर्टकट की इन एम एस वर्ड ये टाइप करते हैं आपके पास नीचे ऐसे एक ऑप्शन आएगा जिसमें 100 पर यूजफुल कीवर्ड जो हम डेली बेसिस पे यूज़ कर सकें एम वर्ड में इसको आप क्लिक करेंगे आपके पास सारे ऑप्शन आ जाएंगे जितने भी एम वर्ड के हैं इसको आप कॉपी कर लीजिए जैसे मैंने आपको कॉपी करके बताया ये इसको आप पेस्ट कर लीजिए अपने एम वर्ड में एम वर्ड में पेस्ट करने के बाद फिर आप इसको याद भी कर सकते हैं डेली बेसिस पे यूज़ भी कर सकते हैं एक तो आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा आपका टाइम सेव होगा प्लस जल्दी आपका कोई भी प्रोजेक्ट है या वर्क है कोई भी असाइनमेंट है तो आप उसको जल्दी उसको पूरा कर सकते हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हम एस वर्ड अगर आप सीखना चाह रहे हैं जस्ट फॉर द बिजनेस